न राजा मैलो का नलो रानी मैलो की उसकी मेरी पार पड़ेगी ये मेरे सतगुरु ने कह दी ना घूमने कितें मैं जाऊंगा ना खर्च करूँ दुनिया दिखाव का यादी है शिक्षा जिसने मैं बाट दिखू उसके आवन की न मैं राजा महलों का न लं रानी महिला की उसकी मेरी पार पड़ेगी ये मेरे सतगुरु ने कह दी ना दहेज लू एक पैसे का ना रीत करूँ दुनियादारी की जो चाहिएगा वो देवे सतगुरु डेमत चीज मिलेगी सारी में राजा मैं का नवरानी की उसकी मेरी पार पड़ेगी ये मेरे सतगुरु ने कह दी जय ब्याह कर लेनू हर कोई ये बेटी बच जागी सारी रोनक हो जिस घर में वे दुश्मन क्यों कर दी हम सब ने न राजा मैलो का नवरानी मैलो की उसकी मेरी पार पड़ेगी ये मेरे सतगुरु ने कह दी